सगजो के कारम सम आच संचम तथा धेना परमेश आचनम च सर्व्यामि श्री जिता गण मोहनवा वाचो कद्रि चान शास्त्र भव नमो सम प्रसाव तव कं दुर सुशिंदा वहा आचनम च सर्व्यामि श्री जिता गण मोहनवा ओम नभ्या आजिन्त तरक्षो श्रेष्ठो दहु सम करे प्रद्यम बहु मृदा श्रोता न लोका न दलविना न वयं समर्यामि पदिरेवम च सर्व्यामि कारण सो पाणे सो ब्यान सो दन सो सम विश्वहा ओम श्री गण जिता गण मोहनवा इवा जो परकास विचार बहु धन्यवाद नच ओम गंध सिंधूर चमर्पयाम ओं गंगारिट्रिशाईश्वरे सर्भुता हृदय श्री गणेश मोनवाइंड गंगाड़ो हर सुेष चंद्रम प्रतीक रहता महासिंधुरम चंद्रम संपूर्ण आमजन के ग्रह जीता गानों मंडवा कामरोपुंगे कम सहार कामरोपुंगे भ्रमारी बेना कली दलित कम ये लारी चुन्न साइक्लिंग साम्राज्य चंद्रम प्रतीक रहता महापुरुष मांझी बिना रुचि नहीं रुचि नहीं रुचि नहीं रुचि नहीं रुचि नहीं रुचि नहीं रुचि नहीं रुच